यदि आपका भी जन्म किसी भी माह की पाँच तारीख को चौदह तारीख को या फिर तेईस तारीख को हुआ है तो आपका भी मूलांक पाँच है मूलांक पाँच वालों के लिए 2020 कैसा रहेगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी चर्चा का ये विषय है तो मूलांक पाँच वाले लोगों आपके लिए 2020 हजार बीस सामान्य रहेगा इसारा इस इस कर जो है ग्रह कर रहे हैं इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये साल ना बहुत ही अधिक लाभ देगा ना बहुत ज़्यादा नुकसान देगा कुल मिलाकर के संतुलन की स्थिति मूलांक पाँच वालों के लिए रखेगा कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति में सुधार आएगा और आप अपने प्रदर्शन के बल पर वर्ष में पदोन्नति प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे अंक ज्योतिष 2020 के अनुसार इस वर्ष आपको अपने परिवार को उचित समय देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा खास करके जीवन साथी को आपको पर्याप्त समय देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी क्योंकि आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन होने वाला है अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखने के यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं क्योंकि इस वर्ष आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ परेशान कर सकती है जिसका असर आपके दांपत्य सुखों पर भी पड़ सकता है आपको अपनी वाड़ी पर नियंत्रण रखते हुए ही आपको अपने जीवन साथी से बात करनी होगी और उच्च अधिकारियों से बात करनी होगी अन्यथा आपके खिलाफ़ कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है इस वर्ष यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो टर्मिनेशन की स्थिति भी बनी हुई है आपके कुछ लोग आपसे रूठ सकते हैं प्रेमी जीवन में अच्छे जो है पलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है वर्ष कैंप में दांपत्य जीवन में काफ़ी सुखद पलों की अनुभूति होती हुई आप लोगों को दिखाई पड़ रही है और किसी धार्मिक यात्राओं पर जाने का भी देखिए योग बन है धन के मामले में इस साल आपको दिमाग से प्रयोग अधिक करना होगा क्योंकि आपके सामने वाले आपके सामने मौके तो तमाम आएंगे लेकिन उन्हें समय रहते आपको भुनाना ही पड़ेगा नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसके अलावा यदि आप कपड़ों से रिलेटेड कोई व्यापार कर रहे हैं या आप कोई जो है क्या कहते हैं किराने की दुकान कर रहे हैं या कोई जो है दलहन जैसी फसलों से संबंधित आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और ट्रेवल एजेंसी इत्यादि भी है तो थोड़ा सा आपको चौकने रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ चुनौतियाँ आपको यहाँ पर परेशान करती हुई दिखाई पड़ेंगी इसलिए कोशिश कीजिएगा भरपूर नींद लीजिए और व्यायाम पर अधिक ध्यान दीजिए व्यापारिक दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा किसी को आपको कोई बड़ा अमाउंट उधार नहीं देना और खास करके कैश में यदि आप करते भी हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अकाउंट ट्रांजेक्शन करिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा और किसी मामले में यदि आप फंसते हैं तो किसी वृद्ध व्यक्ति से यदि आप सलाह लेते हैं अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी रहेगा इस वर्ष आपको वाहन इत्यादि भी बहुत सावधानीपूर्वक चलाना रहेगा अन्यथा कोई चोट चपेट इत्यादि एक्सीडेंट हो सकता है इस वर्ष के लिए आपको हम यदि जो है उपायों की बात करें तो कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन भैरव मंदिर में दूध का आपको दान करना रहेगा इसके साथ साथ ये कि आपके घर पर कोई काम वाली भी आती है महिला खास करके तो मंडे वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि मिश्री का अथवा चीनी का इनका दान आप लोग जो है कर सकते हैं महीने में एक बार इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मंगलवार वाले दिन आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शनिवार वाले दिन कोशिश करना है कि पीपल के वृक्ष पर आपको जाना है और जलार्पण करना रहेगा इसके साथ साथ शाम को एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष पर चौमुखी दीपक जिसमें जो है मतलब चौमुखी का मतलब होता है कि चारों दिए वो जलने चाहिए एक दीपक होगा चार बत्तियाँ निकली होंगी उसको चौमुखी दीपक बोलते हैं तो चौमुखी दीपक आप लोग जलाइए इन उपायों से आप लोगों को बहुत लाभ होगा दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे नहाने वाले पानी में आपको दो चुटकी हल्दी डाल लीजिए पर्याप्त रहेगा और हल्दी डालने के बाद अच्छे से उसको मिला लीजिए जल में उसके बाद आपको स्नान करना रहेगा यदि हो सके तो वर्ष में एक बार रुद्राभिषेक धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अथवा अनार के रस से आप लोग जरूर करवा सकते हैं इसके साथ साथ यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी या अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस पता है तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम संक्षेप में ही बताएं हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में वना बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाज़त मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार